हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन मेरे चैनल स्केटवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे किसी भी फ़ोटो के साइज को रिसाइज करना फ्रेंड्स बहुत सी बार आप जब कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं या आ, कोई भी और कोई सभी फॉर्म भरते हैं तो बहुत सी बार आपको इमेज अपलोड करनी पड़ती है आपको उसमें अपना पिक अपलोड करना पड़ता है तो वहाँ पर बहुत से रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि इमेज का साइज इतने के भी और इतने के बी भी के बीच में होना चाहिए इस तरह से हो सकता होता है अगर इस तरह से आप नहीं करते तो वो आपकी इमेज को अपलोड ही नहीं करेगा मीन्स वो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि हम आ, किस तरह से किसी भी पिक के साइज को रिसर्च कर सकते हैं स्मॉल साइज़ कर सकते हैं या फिर एक्चुअल उस कंडीशन में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो हम उसके बेसिस पे उसको मैनेज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि हम पेंट में कैसे कर सकते हैं सैम एस पेंट में इसको कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरे पास ये एक फ़ोटो है मैं इसको राइट right क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ओपन विद पेंट मैं इसको पेंट में ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज क्या है ये जेपीजी पी फाइल है और उसका साइज़ ट्वेंटी पॉइंट है आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी हम यहाँ से प्रॉपर्टी में जा भी देख सकते हैं इसका साइज क्या है ट्वेंटी पॉइंट ये इसका साइज है ठीक है इसके साइज को हमें रिसाइज करना है तो इसको हमने पेंट में ओपन कर दिया, पेंट में ओपन होने के बाद आप रिसाइज वाली टैब पे जाएंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है परसेंटेज और पिक्सल आप पिक्सल के थ्रू तो भी मैनेज कर सकते हैं और परसेंटेज के भी मैंने सपोज़ परसेंटेज में यहाँ पर सिक्सटी कर दिया पहले हंड्रेड आ रहा था अभी सिक्सटी कर रहा हूँ तो उसका साइज कम होगा ठीक है इसको ओके किया इमेज का साइज़ ये हो गया फाइल पे जाएंगे फिर यहाँ सेव ऐस करेंगे सेव नहीं करेंगे सेव ऐस करेंगे वरना नाम उसी पे एड हो जाएगी सेव ऐस किया यहाँ से सपोज इसको सिक्स नाम दे दिया अब ये इमेज सेव हो गई है, हो गई है यहाँ से इसको ये किया अभी इसका साइज चेक करेंगे इसका साइज है फ्रेंड ट्वेल्व और भी स्मॉल करना है तो आप उसकी परसेंटेज में वहाँ पर मैंने 60 दिया है आप फिफ्टी कर सकते हैं 40 कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां आप देख पा रहे हैं इसका साइज ट्वेल्व के भी अभी हो चुका है जो कि पहले ट्वेंटी के भी था तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आ, किसी भी पिक के साइज़ को रिसाइज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू